नमस्ते पिछले वीडियो में आपने जाना था कि कैसे एक लाइव बोर्ड पर काम किया जाता है उसमें जो स्विच वगैरह और सॉकेट्स वगैरह दिख रहे हैं इसके अलावा बहुत सारे वायर भी आपको दिखाई दे रहे थे ये सब चीजों के बारे में आपने जानकारी हासिल की आइए अब हम जानते हैं कि यदि आपके बोर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है या वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है ट्यूबलाइट नहीं जल रही पंखा नहीं जल रहा है तो आप उसको कैसे उस फॉल्ट को पकड़ेंगे और उसे कैसे दूर करेंगे तो आइए शुरू करेंगे है ना अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले बोर्ड के बारे में लाइव बोर्ड मतलब चालू बोर्ड में हमने बताया था कि इस बोर्ड को कैसे खोलना है उसमें किस तरीके से वर्किंग करना अब अपने साथ एक प्रॉब्लम आई हुई है कि अपने घर में लाइट तो है बोर्ड है लेकिन उसमें अपना ट्यूबलाइट चालू नहीं हो रहा तो हमने बोर्ड को आपको खोला हुआ दिखाया हो जो पूरा जो देखो स्विच भी लगे सागट भी लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अपना ट्यूबलाइट नहीं जल रहा है अलग अलग वर्किंग के लिए और जैसे अपन ने बोर्ड खोला है उस बोर्ड में अपन को जे भी दिखाई दे रहा है कि ट्यूबलाइट के कारण हो सकता है वायर अलग है और हमने इसका स्विच ऑन भी किया है इसके भी अपना चालू नहीं हो रहा। तो ट्यूबलाइट चालू नहीं होने कारण को ऐसा लग रहा कि इस वाले में तो है यहाँ कुछ नहीं हो तो अपन को लगा की ऐसे ट्यूबलाइट का वायर हो ट्यूबलाइट के इसी के कारण नहीं जलता तो अपन जो स्विच है जिसमें सप्लाई बता रहा है इस वाले स्विच में टच करते हैं अगर अपना ट्यूबलाइट जलता है मतलब अपना वायर जेता और प्रॉब्लम भी यह थी कि वायर बोर्ड से हट गया था सुच से हट गया था जिसके कारण अपना ट्यूबलाइट नहीं जल रहा अब इस तार को पकड़ने के लिए क्योंकि लाइन अपनी चालू है चालू लाइन पर अपन अगर काम करना है तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको टच करके देखते कि प्रॉपर जो तार है या नहीं है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो हल्का सा इसको और करने के लिए का यूज करना है और प्लास हमने बताया इंसुलेटर वाली यूज करना है इस पर यहाँ हाथ नहीं लगना चाहिए लोहे वोहे पर क्यों की जो चालक है और जो प्लास्टिक होता है अपन पहले भी बता चुके कुचालक है जिसमें धारा नहीं तो अपन इसको बहुत सावधानी पूर्वक पकड़ना है और इस तरीके पकड़ने के बाद इस स्विच पर अपन इसको लगा के टच करके देखते हैं अगर ट्यूबलाइट अपना जलता है देखो सर और जी सही है मतलब अपना जो तार निकला रहा उसके कारण अब अपन इसको स्विच को ऑन आप भी करेंगे तब भी लाइट अपनी चालू हो जाती है जी जो हमारे छात्र देख पा रहे हैं देख छुट्टी आपने देखी आपका मतलब कि आपकी जो बंद ट्यूबलाइट चालू हो फॉल्ट क्या था इसका फॉल्ट था कि इसका नट लूज होने के कारण बोर्ड खोलने में तारिच ऑन कर रहे थे उस समय अपना ट्यूबलाइट नहीं जल रहा था तो स्विच तो कर आप करते तो आप भी हो रहा है और चालू करने पर जे चालू भी हो रहा है जी आपको लाइट भी चमक भी आ रही होगी और कई बार इन स्विचों में प्रॉब्लम आ जाती की स्विच सही तो रहते हैं लेकिन इनके जो नट रहते इसमें कार्बन आ जाने के कारण प्रॉब्लम करता है या कई बार क्या होता जो नट दिखाई दे रहे है ना इन नटो में लूज कॉन्टेक्ट होने के कारण भी अपनी अपना बोर्ड काम नहीं करता है तो जिस तरीके से अपन ने जैसे ट्यूबलाइट का कनेक्शन किया कनेक्शन करने के बाद अपन बराबर टेस्टर से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने इन हर पॉइंटों को टाइट करना है और हमने बताया बहुत पूर्वक क्योंकि जो बोर्ड चालू है बंद बोर्ड नहीं है इस तरीके से लेकिन न्यूटल की कोई चेकिंग नहीं है ना तो न्यूट्रल और फेस चेक करने के लिए अपन प्रॉपर एक आपको उसमें दिखाई दे रहा हुआ स्क्रीन में एक हमने होल्डर लिया है होल्डर में आप कोई भी बल्ब लगा सकते हो चालीस वाट का साठ वाट का साठ सौ वाट का और उसके तहत अपन न्यूट्रल की जानकारी ले सकते कि न्यूट्रल की पहचान कैसे करेंगे तो सबसे पहले अपन रेड वाला या ब्लैक वाला कोई भी एक तार को लेके टच करेंगे, फेस में टच कर देंगे कहीं भी आप जो देखो जो जो नीचे वाली लाइन है इस पर फेस आराम एक बार और आपको टेस्टर से चेक करा देता हूं जो देखिये आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है जिस सभी पर यहां पर बल्ब जलता हुआ तो कहीं भी अपन फेस दे देंगे इसको किसको बल्ब को अपन ने इसको टच कर दिया ठीक है ना अब अपन को न्यूट्रल देखना है न्यूटल की पहचान करना है कि न्यूटल है कि नहीं है टेस्टर से तो प्रॉपर बल्ब जलता नहीं है लेकिन अगर न्यूट्रल अगर होगा और अपन जो ब्लैक तार जी नीली वाली जो हमने बताई थी तार तारजे न्यूट्रल है अब अगर इसमें न्यूट्रल है तो जो बल्ब जलेगा और अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो बल्फ नहीं जलेगा इसका मतलब है न्यूट्रल कहीं से ब्रैक या खंभे से न्यूटल नहीं आ रहा या लाइन कहीं से इसकी टूट गई है जिसके कारण और बल्ब जलता देखो मैं टच कर रहा ब्लैक वाला तार नीली वाली वायर में का कार्बन तो तो आर्बन के कारण भी ऐसा हो सकता है जे, अभी भी जे, जलता हुआ अपन को दिखाई नहीं दे रहा है ना देखते है एक बार ऐसा तो नहीं की होल्डर ओल्डर अपना लूज है जिसके कारण भी जे बल्ब नहीं जल रहा है ठीक है ना हो सकता है एक मिनट अपन देख सकते हैं क्योंकि काम करने में बहुत सी परेशानी आती है कई बार जे देखो है ना अपन ने होल्डर देखा तो होल्डर में प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण होल्डर में भी नट लगे रहते हैं जिसके कारण देखो अपन ये भी एक फाल्ट है कि काम करने में फाल्ट तो बहुत रहते हैं और काम करते समय उन फॉल्टों को अपन को कैसे बनाना अपन ने जो गठान लगा कि इसको लटकाया था उसी समय इसमें जो देखिए आप प्रॉब्लम देखते चलिए क्योंकि जब आप काम करोगे तो सीधा काम नहीं दिखाई देता है बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट ती रहती है इसका नट निकल गया होल्डर का इसके कारण भी नहीं जल रहा पीछे करके दिखाएर अच्छा तो होल्डर में दो पॉइंट होती है इसको अपन लगा लेते हैं ठीक है नी आप देख लो क्योंकि छोटी छोटी सी प्रॉब्लम अपन को बहुत लंबे समय तक परेशान करती है और इन प्रॉब्लम से निजात अपन इसी तरीके से पाते है नहीं सोचेंगे की यार हम न्यूट्रल चेक करा रहे थे और जी तो ये भी आप होल्डर को रिपेयर कर रहे हैं। जी जी होल्डर जे अंदर से लगते इसका नट क्या हो गया है सिलेप हो गया है, इसकी जगह अपन दूसरा होल्डर ले लेते हैं होल्डर अपने पास रखा हुआ है है ना यहाँ पर एक मट है ना, थोड़ी सा देखिएगा होल्डर और अपने लेके तो आल्डर भी अभी रिपेयर नहीं हो पाया नहीं हो पाया क्योंकि अंदर से उसका पॉइंट टूट चुका है इसके कारण उसमें नहीं हो पाएगी इसकी अच्छा है ना? ये जैसे ये देख पा रहे होंगे इसमें ये जो होल्डर है ये ये होल्डर ये होल्डर का ये पिन निकल गया है है ना, ना? इसका जो पिन इसके अलग है अब अपन फिर से दूसरा होल्डर लेके आ रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम में आती है जैसे आपको देखो एक खराब वाला होल्डर दिखा रहे और एक आपको सही इसमें दोनों पिन हैं उसकी एक पिन क्या हो चुकी है निकल चुकी है टूट चुकी है है ना उसको रिपेयर तो हो जाएगी लेकिन थोड़ी सा समय लगेगा वक्त लगेगा उसमें हाथ अपना पहुंच नहीं पा रहा है प्रॉपर इसलिए ना अपन फिर दूसरा लैम्प फोल्डर ले लिया उस पर भी अपन देखते हैं अपन इसमें हमने बताया था अपन फेस एक अटैचमेंट कर देते हैं फेस डायरेक्ट डाल देते हैं इसमें होल्डर में और अब अपन न्यूटल ढूंढने चलते हैं है इस जगह पर है ना टेस्टर से भी देखते बार कुछ होने वाला नहीं है देखो मैं आपको फेस में फेस टू फेस डाल रहा है, है इसलिए बल्ब कैसा जल रहा है अपना डिम जल रहा है क्योंकि इसको फेस फेस मिल रहा मिलने से बल्ब डिम जलता है जबकि न्यूटल और फेस तो फेस में सब जलना ही नहीं चाहिए बल्ब तो। हाँ लेकिन अगर क्या है इसमें अपन इस, इस पॉइंट में लगा के रखे इसीलिए हाँ जिस सर्किट जो है ना फैन वाला इसीलिए उसमें सिर्फ थोड़ी बहुत उसको अर्थिंग तो लाइट अपनी जलेगी नहीं अगर लीकेज कहीं से उसको लीकेज करेंट कहते हैं इसको अपन है ना अब अपन देखो यहाँ पर नीला वाला हमने आपको न्यूट्रल बताया था ग्रीन वाला हरा अपन इस पर लगाते और ये बल्ब जल रहा मतलब यहाँ पर न्यूट्रल है, अपने बोर्ड में पूरी लाइट दे, दे रहा है तो और दूसरा पॉइंट में बल्ब जल रहा है मतलब अर्थिंग बहुत अच्छी है लेकिन अगर नहीं जलता मतलब अर्थिंग कहीं से लिखे देखो इसमें हल्का हल्का स्पार्किंग हो रही है मतलब उतनी प्रॉपर इसमें अर्थिंग नहीं है और अर्थिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण बहुत समय तक जो चीजें रहती जिसके कारण अर्थिंग भी अच्छी काम नहीं करती आपको मैं इसकी एक और जी अर्थिंग से आई हुई है है ना? आपको देखो डिस्प्ले में अगर दिखाई दे, लेकिन जी बहुत पुराना होगा कम से कम होगा 30-40 साल पुराना वायर जिसके कारण इसमें इस कार्बन आ गया है कार्बन आने के कारण भी अर्थिंग इसकी क्या हो चुकी है फेल हो चुकी है जे देखिये मैं यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर के द्वारा आपको जो दिखा रहा है बहुत पुराना जंगी तार लगा है जीआई तार जो जंग खा गया है जिसके कारण अर्थिंग तो तो इस तरीके अगर थोड़ा सा साफ करें तो क्या वहाँ पे अर्थ बताया? नहीं, नहीं, नहीं नहीं बताएगा क्योंकि बहुत पुराना है और अर्थिंग भी इतनी प्रॉपर तो नहीं बताएगा टेस्ट करके देख सकते। फिर भी अपन इसको लगा के हम अभी तो आपको अर्थिंग यहाँ चेक कराए अब अपन इसको फेस में डालते हैं और अंदर अर्थिंग लेके देखते है ना कि हो सकता है आ जाए अपनी अगर जे, फिर भी देखो हल्की हल्की स्पार्क हो रही है लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है ना इसको बोलते हैं कि अर्थिंग अपनी प्रॉपर काम नहीं कर रही बहुत माइनर्जी हल्की हल्की स्पार्किंग है हाथ के कारण आपको हल्का सा देख रहे हैं न ठीक है ना इसका मतलब है कि अर्थिंग अपनी ब्रेक है इस तरीके से अपन अर्थिंग है न्यूट्रल है फेस की पहचान कर सकते हैं और एक जो होल्डर और जो बल्ब है ना जो बहुत अच्छा साधन है न्यूटल को चेक करने के लिए इससे अपन बिल्कुल बराबर बता सकते हैं कि न्यूटल है क्योंकि न्यूटल की इससे बढ़ और कोई चेकिंग होती नहीं है तो फिर मीटर हीटर से चेक करते लेकिन जनरल जो टेक्नीशियन रहते हैं वो होल्डर के द्वारा ही न्यूट्रल और फेस को चेक करते हैं सर यदि हमारे घर में अगर लाइट होल्ड हो जाए बंद हो जाए तो उसको कैसे चेक करते हैं? तो उसको इसी होल्डर में आप पहले तो टेस्टर चेक करिए कि मीटर के पास आपकी सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है अगर मीटर के पास सप्लाई नहीं आ रही तो फिर अपनी खंबे से लाइन ब्रेक है और अगर मीटर में सप्लाई है मेन स्विच में सप्लाई है बोर्डो में नहीं है तो फिर अपन इसी होल्डर और टेस्टर की सहायता से अपन चेक करते चले जाते कि किस तरीका फेस फेस देखिए आप है ना कि यहाँ अंदर से लाइन शार्ट तो नहीं क्योंकि फॉल्ट ना कई प्रकार के बन जाते हैं सर्किट इतने के होते हैं रूम होते हैं कई जगह पंखा सार्ट कर रहा है कई जगह हीटर हीटर लगा तो लाइन सार्ट हो जाती है और उनको प्रॉपर अपन होल्डर बल्ब की सहायता सहायता से से से टेस्टर की से, एक के बाद बारी बारी बोर्ड टू बोर्ड अपन खोलते जाएंगे हर कमरे का और उसमें फॉल्ट निकाल लेंगे अपन को एक जगह खड़े हो फॉल्ट नहीं मिलता कि इस बोर्ड में सही है एक होल्डर लेके दूसरा बोर्ड खोलेंगे फिर अगला खोलेंगे जिस जगह पर प्रॉब्लम मिलती उस जगह पर अपन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं ठीक है तो दोस्तों आपने जाना वीडियो में कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या वायरिंग से संबंधित फॉल्ट आपके घर में आते हैं और इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं आ, अभी शायद एक और वीडियो हमको आवश्यकता होगी इस वीडियो में ये हाउस वायरिंग के फॉल्ट को बनाने के लिए तो वो आ, उस वीडियो का आप इंतजार कीजिए उम्मीद है उसमें आपको और अधिक जानकारी फॉल्ट से संबंधित वायरिंग में फॉल्ट से संबंधित मिलेगी तो तब तक, तक इंतजार कीजिए धन्यवाद